जो अपने बच्चों को सनातन के बारे में नहीं बताते सनातन सिखाओ ना इस्लाम की सच्चाई है, बता देगी अब तुम्हारा काम है अपने बच्चों को सनातन की सच्चाई बताओ ना सनातन क्या है अपने बच्चों को सिखाओ यार तुम्हारी बेटियाँ इस्लाम के चक्कर में क्यों फंसती है